कृषि मंत्री कमल पटेल इन दिनों अपने इलाके में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। पटेल ने बी टी कार्य का भूमि पूजन किया और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आने वाले परिवारों को गेहूं चावल का निशुल्क वितरण भी किया किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कृषि उपज मंडी खिड़किया में सन्तानवे लाख रूपए के बी टी कार्य का भूमि पूजन कर उपस्थित जनों को संबोधित किया और कहा देश व प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने श्री सिंह प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादा खिड़किया में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत परिवारों को गेहूं और चावल के निशुल्क वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि कोई भूखा न रहे ये हमारी सरकार का लक्ष्य है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खाद ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज